आरा साल की उम्र में ज्यादातर लोग सोचते हैं अपना टाइम आएगा तीस साल की उम्र में भी लोग सोचते हैं नहीं फिर एक दिन अचानक सिने में दर्द हुआ डॉक्टर आए उन्होंने कहा इनका टाइम आ गया है सब रिश्तेदारों को बुला लो अपने टाइम का ना करें मेहनत करें खुलकर खुशी से जिए अपना टाइम आता नहीं लाना पड़ता